बेबी तुमने खाना खाया क्यों नहीं खाया अरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है खाना अरे ऐसा मत करो डाइट मत करो अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा खाना बेटा तुमने तो मुझसे कभी नहीं पूछा कि माँ आपने खाना खाया कि नहीं खाना तुम्हारे लिए मैं बनाती हूँ तुम्हारा सारा काम मैं करती हूँ तुमने कभी मुझसे पूछा की माँ तुमने खाना खाया की नहीं बेटा बोलो आपने खाना खाया कुत्ते आज